मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया जहां मुख्यमंत्री ने किसानों का ऋण स्थगित करने और बत्तीस हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात कही साथ ही मुख्यमंत्री ने संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ओला पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं हमने पहले ही फसलों के नुकसान के सर्वे का आदेश दे दिया है मैं हर खेत में नहीं पहुंच पाऊंगा ये मेरे लिए संभव नहीं है लेकिन सर्वे के दौरान अधिकारीगण सभी जगह पहुंचेंगे और सभी जगह का सर्वे करेंगे और ईमानदारी से सभी जगह का सर्वे होगा जितना नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई की जाएगी कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने किसानों से बातचीत की है उनके ऋण वसूली को स्थगित कर दिया है जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान किसान का हुआ है उन्हें बत्तीस प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा संकट की इस घड़ी में भाजपा किसानों के साथ है। हम नुकसान की भरपाई हर कीमत पर करेंगे राहत की राशि देकर भी और और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर मेरी बात आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है मेरे किसान बहनों और भाइयों आज में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं अभी विदिशा में हूं फिर सागर जाऊंगा लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्यप्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं <laughs> यहां विदिशा जिले के कलेक्टर भोपाल संभाग के कमिश्नर बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं हर खेत में मिल नहीं पहुंच पाऊंगा आप सब जानते हैं क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है अब ये सर्वे होगा कई जगह सर्वे चल रहा है ईमानदारी से सर्वे होगा कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा जहा फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े मैं साफ कह रहा हूं कि पूर्वक करना है किसानों को राहत देने के लिए करना है और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए